देश भक्ति के लहू में जो प्राण लहू अपने डाल गए उन फरिश्तों को भगवान भी आज भगवान मान गए कन्ह छाबर हथेली पे जो जान अपनी कुर्बान गए सीना तान बड़े बलवान भारत माता के सपूतों को सब जान गए देश भक्ति के लहू में जो प्राण लहू अपने डाल गए देकर एक संदेशा अपना ये हमको जिता गए भारत माता के लाल हैं ये शौर अपना दुनिया को दिखा गए भक्ति के, के लहू में जो प्राण लहू अपने डाल गए उन फरिश्तों को भगवान भी आज भगवान मान गए